समाज का काम है आपको बर्बाद करना और भटकाना यह समाज का धर्म है उस तो समाज में अगर कोई आपको बनाने वाला मिल जाए मां बाप के अतिरिक्त तो आप बहुत भाग्यशाली हैं इस दुनिया में अगर आपका कोई शुभ है तो वो है माँ बाप सबके साथ लेकिन होता क्या है वो कठोर होते हैं हमारे प्रति जो भी शुभ चिंतक होगा वो कठोर होगा जिसको शोषण करना होगा वो मृत्यु होगा सपोर्ज की आंटी हम कोई काम है और बेटा बबलू कैसा हो बेटा दिखाई नहीं पड़े बेटा हमारा आटा लिया दे, दे चक्की से लो अब माँ इस तरह से नहीं बोलेगी बदतमीज कहा मरा हुआ था अब हम ह्यूमन नेचर है हमारा तो हमें माँ बाप बड़े बुरे लगते हैं लेकिन सूत्र यही है सर जो भी आपके प्रति कठोर है वो आपका भला सोचता है और जो भी आपके प्रति मृदु है अच्छा बोलता है आपकी सिर्फ तारीफ करता है वो आपके सोशर के फिरा है